हाँ चार बजे सुबह के अब मैं क्या करूँ क्या मैं जा मरूँ हाँ चार बजे सुबह के अब मैं क्या करूँ क्या मैं जा मरूँ हाँ चार बजे क्या मैं हाँ चार बजे शैतान सामने मैं मैं क्या करू? क्या करूं? जाता लोग कहते हैं क्या करना रोना रोना लड़ना झगड़ना कुछ तो पढ़ना तब होगा सफलना मालूम नी वाला करना मुझे पता है क्या करना तो एक दिन होगा सफलना सूरज को लड़ना तो फिर गायक उडर ना समझेंगे नहीं मुझे कभी ये लो कभी नहीं समझेंगे ये लो के कोड इनकी जो करना वो करने दो लोग तो बस कहते हैं यही बस इनका काम और कुछ नहीं बस, बस कर है मैं बस चाहता हूँ कि मुझे करने दो मेरा काम शायद प्रॉफिल हो तुमको जब ले ले कोई मेरा नाम अब चुप रह लेता हूँ मैं यही मेरा जवाब लड़ना का शौक नहीं इनका ज्यादा बड़ा रुआब जब मैं मरूंगा तो डरूँगा नहीं किसी से शायद ज्यादा दिन नहीं रहूँगा मैं आज ही इन पे ध्यान ना दे तो अकेला नहीं है खुदा दिरे तो कोई झमेला नहीं है इनसे प्यार करो तो प्यार मिलता नहीं है खुद से प्यार करो इनसे मिलना कुछ नहीं है हाँ चार बजे सुबह के अब मैं क्या करूं? क्या मैं जा मरू हाँ चार बजे शैतान सामने अब मैं क्या करूं? Can't meddle with you. Slammed out for the time of focus.